हे व्हाट्सअप गाइज कैसे हैं आप लोग का कि आप लोग ठीक ही होंगे तो फिर आ चुके एक नए फ्रेश वीडियो के साथ एंड साथ ही साथ आप लोग को सिखाएंगे कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग आज आप लोग को सिखा देंगे फेस को कैसे ऑयल पेंट किया जाता है एंड आप लोग अपने हेयर को कैसे ऑयल पेंट कर पाएंगे वो भी फूल एचड़ी में एंड फेस को कैसे आप लोग गोरा करेंगे एंड फेस को कैसे फूल एचड़ी आप लोग स्मूथ करेंगे सो फेन देखिए बिफोर एंड आफ्टर तो चले फ्रेन देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो so भाई लोग सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा इस इसनेपट एप्लीकेशन के अंदर एंड मैं आप लोग को भाई मानता हूँ एंड मैं आप लोग को परिवार मानता हूँ तो जो भी एडिटिंग सिखाऊंगा आप लोग को मैं कोई गलत राय नहीं दूंगा तो सिंपल फैन शेयर करना सिंपल को टुल्स वाला एक जाना होगा एंड टुल्स वाला एक आने का सिंपली आप लोग टून इमेज पे क्लिक कर देना होगा एंड इसका आप लोग तरीके से पूरा फुल बढ़ा लीजिएगा प्लस हंड्रेड कर लीजिएगा एंड यहाँ से इसका हाई को पूरा आप लोग को हंड्रेड माइनस कर देना होगा एंड आप लोग को शेडो का पूरा फुल 100 प्लस कर देना होगा एंड गाय इतना करना सिंपल होगा यहाँ से डन कर लीजिएगा डन करना फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को टोटल कंट्रास्ट पे क्लिक कर देना होगा एंड देखिए हाइलाइट्स लाइट टोन है सॉरी फिर हाइलाइट्स टोन है इसको आप लोग जीरो कर लीजिएगा एंड मीडियम टोन को भी आप लोग को जीरो कर लेना होगा एंड देखिए लो टोन को भी आप लोग को जीरो कर लेना होगा सॉर लो टोन है ठीक है एंड देखिए प्रोटेक्ट साइडो को आप लोग को कर दीजिएगा एंड प्रोटेक्ट हाई को भी आप लोग को हंड्रेड कर देना होगा एंड गाय इतना करना सिंपल होगा यहाँ डन कर लीजिएगा डन करना फिर से आप लोग को टुल्स वालाइकन पे आ जाना है एंड डिटेल्स पे क्लिक कर देना होगा एंड इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से तो प्लस थर्टी फोर हम बढ़ा दे रहे हैं एंड यहाँ से शॉर्पनिंग को भी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा तो प्लस फोर्टी फोर एंड गाय इतना करना सिंपल आए से डन कर लीजिएगा अगर मान लीजिए आप लोग के फेस के ऊपर पिम्पल्स होगा ब्लैक व्लैक होगा तो सिंपल आपको टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड ही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे देखिए जो भी आप लोग के फेस के ऊपर ब्लैक रहेगा सिंपल आप कुछ इस तरीके से ब्रश को ड्रॉ करेंगे तो जो भी आप लोग के फेस के ऊपर पिम्पल्स रहता है ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा ठीक है मेरी यहाँ इतना करने ऐसे डन कर लीजिएगा so, लोग कर चुके। के अंदर। आपको दिखाते हैं तो है। so, भाई लोग हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइट एप्लीकेशन के अंदर ए लाइट रूम अपन के अंदर शेयर करने बात सिंपली आप लोग देखिए ऑटो हो होगा ठीक है ऑटो पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा ऑटो पे क्लिक करने बात सिलीट वाले ऑप्शन पे आजना होगा एंड देखिए लाइट वाले ऑप्शन पे आने में सिंपली आप लोग देखिए ब्लैक्स होगा ना कुछ इस तरीके से आप लोग को बढ़ा लेना होगा सिक्सटी सेवन प्लस कर दीजिएगा एंड यहाँ से वाइट्स को भी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा कुछ इस तरीके से सिक्सटी नाइन प्लस कर देना एंड देखिए शेडो है ना शेडो का आप लोग को पूरा हंड्रेड प्लस कर देना होगा एंड हाई वाले ऑप्शन को आप लोग को हंड्रेड माइनस कर देना होगा ज इतना करना फिर से आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को मिक्स पे क्लिक कर देना होगा एंड देखिए ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड इसका सिचुएशन आप लोग को 100 माइनस कर देना होगा एंड फिर से इतना करना फिर से आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका भी सिचुएशन आप लोगों को हंड्रेड माइनस ही रखना होगा एंड गाइज इतना करना फिर से आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका भी सिचुएशन आप लोग को हंड्रेड माइनस रखना होगा एंड गाइज इतना करना फिर से आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड देखिए जो भी आप लोग के फेस के ऊपर रेड टोन आया होगा सिंपली आप लोग माइनस कर लीजिएगा तो माइनस ट्वेंटी नाइन कर देना रहे एंड इतना हो गया ना इतना होने पर फिर से आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका सेचुएसन कुछ इस तरीके से आप लोग को देखिए माइनस फोर्टी फोर ठीक है मेरे जान फिफ्टी फोर सॉरी माइनस फिफ्टी फोर कर दीजिएगा एंड ऐसे लिमनस को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना होगा ताकि आप लोग का फेस लाइट फेस पे लाइट आ जाए एंड आप लोग का फेस गोरा हो जाए तो सिंपली आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा तो सेवेंटी कर दे रहे एंड गाइज इतना करें फिर से आप लोग को इस वो पे आ जाना होगा एंड इसका ह्यू कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग माइनस कर लीजिएगा तो -41 एंड यहाँ से लिमनस को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा तो 30 प्लस कर दे रहे हैं एंड इतना करना फिर से आप लोग को डन कर देना होगा डन करना फिर से आप लोग को देखिए इस वे ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड क्लियरिटी को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा एंड टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा टेक्चर को 10 बढ़ाइएगा एंड क्लियरटी को 18 बढ़ा दीजिएगा एंड गाय इतना करना सिंपली आप लोग को इस ऑप्शन पे आजना होगा एंड देखिए इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है फिर से आप लोग को इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना होगा एंड इतना करना फिर से आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड वाई डरेक्शन को आप लोग को हंड्रेड कर देना होगा एंड डिटेल्स को भी आप लोग को हंड्रेड कर देना होगा एंड गाइड इतना करना फिर से आप लोग इधर स्कॉल करके कर आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड फोटो को हम लोग जूम कर लेंगे एंड ऊपर देखिए प्लस वाला एक होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा एंड छोटा सा ब्रश उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड बिंदु पर क्लिक कर दीजिएगा एंड सिर्फ आप लोग ना अपने लिप्स पर अप्लाई कीजिएगा एंड यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे आजिएगा एंड जिस हिसाब से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से लिप्स पर कलर अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा एंड इतना सिंपली आप लोग यहां से डन कर लीजिएगा सो फाइनली फिर हम लोग एडिट कर चुके के अंदर, आपको दिखाते हैं, तो कर लेते हैं के अंदर. So भाई लोग फोटो शेयर करने वाला देखिए ब्रश वाला आइकन पे आ जाना होगा पेंसिल वाला पे सिंपली यहाँ से लाइब्रेरी में आप लोग आ जाएगा एंड आप लोग को ये वाला ब्रश यूज करना है जो मैं आप लोग को थमलेन में दिखाया हूँ तो सिंपली हम लोग वही ब्रश यूज करेंगे ठीक है ट्रेडिशनल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नवा नंबर ब्रश आप लोग यूज कीजिएगा एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग स्क्रीन मार लीजिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है एंड गाय इतना करना सिम्पली होगा यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा एंड आप लोग को फॉलो को ट्वेंटी रखना है एंड स्टैंड को देखिए बारह आप लोग रखिएगा एंड साइज क्या करना है आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कर लीजिएगा एंड आप लोग को देखिए जो भी आप लोग के फेस ऊपर ब्लैक व्लैक आता है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करके बोलते हैं भाई आर डेस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है फेस को हम लोग जब भी स्मूथ करते हैं तो आप लोग ये वाला ब्रश यूज कीजिएगा ठीक है लाइब्रेरी में आप आपको दिखाते हैं फिर से स्क्रीन मार लीजिएगा ठीक है एंड यहाँ से बाइक आ जाएंगे एंड देखिए छोटा छोटा पिंपल्स है ठीक है तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कीजिएगा ठीक है मेरी जान जैसे आप लोग दिन का जैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे ना तो आप लोग का फेस बहुत ही ज़्यादा फुल एच में स्मूथ होगा एंड आप लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में फेस को स्मूथ करते हैं इसके लिए आप लोग का फेस के ऊपर ब्लैक व्लैक आ जाता है एंड हम लोग क्या करते हैं एकदम स्लो मोशन में स्मूथ करते हैं इसके लिए अच्छे से हम लोग भी स्मूथ करते हैं एंड आप लोग भी अच्छे से स्मूथ करते हैं बट आप लोग के फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक आ जाता है तो इस वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा फिर तभी तो आप लोग समझ पाएंगे तो देखिए फिर कितना तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है तो देखिए फिर एक परसेंट भी ब्लैक ब्लैक नहीं आ रहा है ठीक है एंड मान लीजिए यहाँ आप लोग गला पे चलाते हैं ना तो एक ही बार में ऐसे ऐसे करते हैं तो ऐसे ऐसे करेंगे तो ब्लैक ब्लैक आएगा आप लोग को क्या करना है थोड़ा सा आप लोग को साइज को देखिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं एंड कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से ड्रॉ कीजिएगा ठीक है मेरी जान धनका जैसे आप लोग हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे ना तो आप लोग का फेस बहुत ही ऑसम तरीके से स्मूथ होगा धनकाश जैसे देखिए हम अपने फेस को स्मूथ कर रहे हैं तो चलिए फिर थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देते हैं सो so, भाई लोग बहुत ही औसम तरीके से हम लोग ना अपने फेस को फुल एचडी में स्मूथ कर चुके हैं ठीक है जैसे कि आपको देखिए दिखाते हैं ज़ूम करके जितना आप लोग ज़ूम करेंगे उतना ही ज्यादा मैं फेस को फुल एचडी स्मूथ किया हूँ जो आप लोग को वीडियो में दिखाया हूँ एंड गाय सिंपल इसल ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड शेयर पे क्लिक कर देना होगा सेव टू डि क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा सो so भाई लोग फोटो सेव करना सिंपल लोग को शेयर कर लेना होगा टूल विज अपन के अंदर एंड सिंपल यहां से टूल विज एप्लीकेशन के अंदर हम लोग अपने फोटो को शेयर कर लेंगे एंड गाइस देखिए हम लोग शेयर कर चुके ठीक है तो शेयर करने में सिंपल ऑफ इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड सॉफ्ट इजमूज पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से स्क्रॉल करके आप लोग मास्क वाले ऑप्शन पे आजिएगा एंड आप लोग को इफेक्ट पे रहना है ठीक है इफेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ से टेन नंबर आप लोग को यूज करना होगा ठीक है टेन नंबर एंड यहाँ से आप लोग एम ए एच के मास्क पे आ जाएंगे एंड क्लीन पे क्लिक कर देंगे दैनगाज दें क्लीन पे करने के बाद क्लिक यहाँ से आप लोग अपने सिर्फ ना आप लोग अपने हेयर पे ड्रॉ कीजिएगा ब्रश को ठीक है दैनगाज जैसे आप लोग हेयर पे ड्रॉ करेंगे तो अभी आप लोग का हेयर फुल एच ऑयल पेंट नहीं हो रहा है ठीक है जैसे कि देखिए मैं आप लोग को वीडियो में सिखा रहा हूँ सिंप्लीकाई जितना करना सिंपल होगा यहाँ से डन कर लेना होगा पूरा वीडियो वाच कीजिएगा फिर तभी तो आप लोग समझ पाएंगे दिन का जैसे यहाँ से डन करेंगे तो आप लोग का हेयर कुछ इस तरीके से हो जाएगा यानी यहाँ से देखिए कॉर्नर में सेव वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा सो so भाई लोग फोटो सेव करना देखिए आप लोग का फेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड आप लोग का हेयर कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है अभी हम लोग का हेयर ऑयल पेंट में नहीं हुआ है तो सिंपली आप लोग को उसी फोटो को शेयर कर लेना होगा लाइट रूम अप्प्लीकेशन के अंदर देन लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने बात सिंपली आपको लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड ब्लैक्स को थोड़ा सा आप लोग कम कर लीजिएगा एंड को भी थोड़ा सा आप लोग कम कर लीजिएगा तो माइनस कर देना एंड ब्लैक्स को फोर्टी माइनस कर देना ठीक है एंड गायज इतना करना सिंपल है आप सेटों को बढ़ा लीजिएगा एंड यहाँ से इस ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड मिक्स पे क्लिक कर देंगे एंड इस ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा एंड इसका सिचुएशन कुछ इस तरीके से आप लोग को देखिए 69 माइनस कर देना होगा एंड यहाँ से लिमिट्स को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तो प्लस चौदह बढ़ा दे एंड गाइज इतना करने वाला सिंपल यहाँ से डन कर लेना होगा डन करो सिंपल वो इस वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड फोटो को जूम कर लेना होगा एंड देखिए ऊपर प्लस वाला आइकन होगा उस पर क्लिक कर देंगे एंड देखिए सर्कल ठीक है उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरीके से फिंगर फिंगर को प्रेस करके आप लोग अपने हेयर पर अप्लाई कीजिएगा एंड यहाँ से देखिए इस पे क्लिक कर देंगे एंड इफेक्टिव ऑप्शन पर आ जाएंगे यहां से आप लोग ना क्लियरिटी बढ़ाएंगे तो आप लोग का हे ओल्ड पेंट में बनना तैयार हो जाएगा यानी मतलब कि बन जाएगा ठीक है मेरे जान इन गाय इतना करो सिंपल है डन कर लीजिएगा देखिए आपको दिखाते हैं अभी बिफोर एंड आफ्टर ठीक है तो ऐसा करते वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर ना आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग से वीडियो डालू आप तब नोटिफिकेशन पहुंचे वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही फुल एच एडिटिंग के साथ तब तक के लिए बाय बाय